नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं YouTube चैनल जो हम लोग चलाते हैं यानी YouTube जो वीडियो हम लोग देखते हैं उससे हम लोग वीडियो क्वालिटी हाई या लो कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज हम आज को बताने वाले हैं कि हम लोग वीडियो लो हाई क्वालिटी कहाँ से करते हैं राइस सिंपली आपको चले जाना है कोई वीडियो पर जिस तरह यही वीडियो हम क्लिक करते हैं और इस वीडियो पर यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आप एडवांस क्वालिटी पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना क्वालिटी चूज कर सकते हैं गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको तो मिलता रहे